ना आप तो कैसे हैं आप लोग और आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं भोला का वो तो ये पहले से ही है सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्शन और आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं भोला का भोला भोला एक रीमेक है यस yes, कायथी कायथी का लेकिन थोड़ा सा हट के है थोड़ा सा डिफरेंट है मतलब चेंज की उन्होंने फुल चेंज वर्ल्ड ऑफ माउथ तो यही है उसके बारे में तो और क्या कहते हैं क्योंकि हम जरा लेट हैं, रिएक्शन तो काफ़ी हमें कहते हैं चीज़ें मिल गई हैं सोशल मीडिया पे वगैरह चल रही है और बड़ी मुश्किल से बचा के हमने ना किसी तरह से के स्पोजर्स वगैरह कुछ ना मिलें बहुत कोशिश की है बचाने की कि ताकि हमारा जो जेनवन रिएक्शन है वो आपको मिले ऐसा ही है ना ऐसा ही है तो जनाब मैं हूँ ज़ैफा मैं हूँ इसमाइल और हम आज तब रिएक्शन करने जा रहे हैं भोला अजय देवगन तब्बू और कौन कौन है और अभिषेक बच्चन भी हैं इसके अंदर छोटे नवाब कमाल कमाल कमाल कमाल चलो बाकी बातें बाद में करते हैं पहले रिएक्शन स्टार्ट करते हैं ठीक है रिएक्शन पे जाते हैं हुं हुं हुं हुं हुं हुं। जो फिर भी नहीं करना है ओ हो हो हो यार यार ये क्या है यार लोग ये क्यों मिल जाते हैं इस वटी के पीछे भी एक इंसान कैमरा भी नया वाला ये कैमरा उत्तर हमारे बाना बार जब उसने रण बहुत तिलक लगा दिया भूल जाता है उसके धाड़ी मार्च, हो यार, आई थिंक जो मैंने ना इस साल ना जो सबसे अच्छे ट्रेलर में देखे हैं ना मैंने देखे हैं जब देखे हैं चीज़ें वगैरह जो दिख रहा है कि बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं हुँ. ये मेरे ख्याल से टॉप पे अब मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी जो मैंने देख लिया ना जो मेरी अपनी पर्सनल हाइप नहीं मैच कर पा रही किसी और ट्रेलर से किसी और कॉन्टेंट से मुझे समझ नहीं आ रही है क्या बनाया है हालांकि जो अब देखें शिवाय जो बनाई थी पहली ये सेकंड उसकी डिब्यूट है ना जय की ये पता नहीं थर्ड है थर्ड आई थिंक हाँ वो थर्ड रेनवेड्रेड थर्टी फोर वो भी उसने बनाई थी जय ने डेक्ट की थी बहरहाल यार इससे ज़बरदस्त मुझे जय की मूवी लगी हालांकि शिवाय हमने देखी कितनी डॉप थी शिवाय देखी ना मूवी जय देवन की हाँ वो उसकी डिप्यू डायरेक्टर में डायरेक्टिंग में डिब्यूट मूवी थी वो बहुत ज़बरदस्त लगाई थी बहुत ज़बरदस्त उसके कुल एक एक्शन सीन्स थे और हर चीज़ ए टू जी बट मुझे नहीं पता कि वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा रिएक्ट नहीं कर पाई थी ये कहते हैं परफॉर्म नहीं कर पाई थी उसकी क्या वजह बनी थी लेकिन ये ये मेरे ख्याल से पीक है अब ऐसी बंदा एक्टर जिसकी ये थर्ड मूवी है वो अलग बात है कि उसका पूरा करियर है लेकिन उसकी थर्ड डायरेक्ट ऐसे डायरेक्टर मूवी है उसके बाद वो रियल रिथर्ड दे रहा है आउटपुट दे रहा है मुझे बताओ तुमने कोई ऐसी चीज देखी है Love. अभी तक ओरिजिनल हम, हमने देखी हुई है देखी है और कायथी हमने हमने हाँ. देखी हुई YouTube पे लेकिन ये जो तो, तो हाँ. ये बिल्कुल है. तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ना को ना किसी ने पता नहीं वो कोई पिला दी है कुछ और वो कहा तो वो पढ़ निकलाया वो क्या घूम फिर के सीन हो गया उसका बहुत यार मुझे समझ नहीं आ रही उसने एक एक मिनट के ये एक मिनट पचास सेकंड के ट्रेलर में टीज़र में सॉरी टीज़र है ये और, और उसने इतना कुछ हमें दिखा दिया कि इतने उसमें एक्शन सीक्वेंसेस हैं और किस किस तरह से एक्शन हुआ है मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ वो कहते हैं ना कि आई एम टोटली स्पीचलेस वो लफ्ज़ ही नहीं है उसे और क्या बोलें बहरहल बहरहल भाई लोग भाई लोग हाइप होता है बहुत बहुत बहुत लेवल है बहुत ही डॉप है और उम्मीदें बढ़ गई हैं भाई हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं और एक मुझे लग रहा है कि वो मिल गई है कहते हैं ना कि उम्मीद एक अच्छी चीज़ें मिल गई हैं कि मुझे इतने कोई खास प्रोजेक्ट्स भी थे जिनके लिए कोई हाइप बन रही थी लेकिन ये इसका है जिसका मैं लुकआफ्टर करूँगा मैं देखूँगा मैं इंतज़ार करूंगा कब रिलीज होगी ये भोला है कि नहीं बहुत ही यूनिक बनाइए खासकर खासकर मैं दिखाऊँ आपको तो जहा पे तुमने बेचाना उसको अमिताभ बच्चो अभिषेक बच्चन का होता तो है ये देखो रहे एक और चीज में दिखाऊ ये इसमें था ना इनका ये शिफाई का रेफरेंस है यह, यह ये जो उसमें सिगरेट वो पी रहे हैं ना बा उसमें रेफरेंस दिखा रहे हैं जो शिवाही मूवी में वो भी अजय देवगन ऐसे पीता है ना जो लाइफ होती है जो भी सिगरेट होती है ये बड़े ड्रैक्टर की चीज़ होती है कि अपने जो मूवीज़ में ना सिग्नेचर वो होते हैं फ्रेम्स होते हैं सीन्स होते हैं जो हर मूवी में होता है क्रिस्टोफर नोलन हो गया जेम्स कैमरन हो गए ये चीज़ें ये इस तरह के सिग्नेचर फ्रेम्स वगैरह ये अपनी मूवीज़ में दिखाते हैं ये वगैरह बहुत ज़बरदस्त लगे हमको पिछले भी सीन याद हैं वो ये कहते हैं ना कि एक तो सिग्नेचर मूव होता है कि एक यूनिक अपनी वो चीज़ होती है कोई एक शॉर्ट भी हो सकता है कोई एक व्यू भी हो सकता है कोई एक सीन भी हो सकता है अब ये हम कंपेयर करें ना इसके वीडियोस भी हैं जैसे सैम रैम नहीं था स्पाइडरमैन स्पाइडर मैन जो सिर्फ नहीं है अब वो डॉक्टर्स ट्रेन मूवी थी ना जब उसने दोबारा डायरेक्ट की मार्वल की तो उसमें काफ़ी सारे सीन सिमिलर थे किससे स्पाइडर से बहुत सारे सीन्स उसने जानबूझ के वो इस एक जैसा छोड़े थे उसके अंदर ये भी वन ऑफ द फ्यू थिंग्स हैं बहुत बहुत बहुत फारा लगा बहरह आप बताएँ वो कैसा लगा रिएक्शन हमारा और वीडियो आउटकुट कैसा लगा यार बहुत बहुत ज़बरदस्त है ये बहुत ही छाता है का आती मूवी मुझे फॉर श्योर मुझे लग रहा है कि ये ना बहुत बड़ी हो सकती है ये इसको काैथी जो ओरिजिनल है उसको टक्कर दे थे नहीं काथी बहुत नीचे थी वो इतनी कोई ज़बरदस्त हिट नहीं थी लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अगर आवाम ने इसको अगर ना ऑडियंस ने सही इसको दिया ना मतलब कि रिएक्शन दिया रिस्पेक्ट दिया और उसको कहे तो ये आज देखबन की 1000 करोड़ मूवी हो सकती है दूसरी आर में तो कैमियो था उसका लेकिन ये हज़ार करोड़ तक जा सकती है मूवी क्योंकि उसमें पोटेंशियल है बहुत दिख रही है और मैं कहता हूँ सिनेमाटोग्राफी और सीन्स शॉट लेवल, लेवल, लेवल, लेवल, लेवल। गए थी विक्रम में भी इतना कमाल नहीं था उसमें ये लैग करती विक्रम में विक्रम यूनिवर्स बनाने वो अच्छा किया उसने लोकेश गंगराज ने जो विक्रम बनाया वो विक्रम पर यूनिवर्स बनाया लेकिन अपना जो कहते हैं यूनिवर्स बनाया लेकिन ये चीज़ जो मैं उसमें से एक वो करता था कि ना कि उसमें सिनेमाटोग्राफी जो है ना वो लैक करती थी उसके जो एक होती ना ब्यूटिफिकेशन ऑफ सीन्स वो उसमें लैक करती थी जो इसमें भर भर के है भर भर के और मुझे नहीं लगता बहुत डिफरेंट है यार बहुत डिफरेंट है उसे वो चीज़ नहीं है मुझे बिल्कुल भी फील नहीं आ रही थी कि मैं काहती देख रहा हूँ या वो सिमिलैरिटी लग रही थी कौन कौन से सीन है पहचान गया था लेकिन लेकिन वो कुछ मैच नहीं करे लेवल और उनका तरीका और उनका एग्जीक्यूशन कुछ भी मैच नहीं कर रहा पर उसमें, उसमें से टोटली तो डिफरेंट है वो कह लें कि वो एक वो ग्राउंड्स को उसकोपे थी इंडिपेंडेंट मूवी जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही उस पर बनाई गई थी लेकिन ये एक टोटल कमर्शियल लगा और बहुत ही ये कहते हैं ज़बरदस्त आई थिंक इसलिए भी क्योंकि जो अरे के जो फादर थे वो एक एक्शन एक डायरेक्टर थे पहले मूवीज़ वगैरह में तो आई थिंक इसलिए भी इनको बड़ी अच्छी उसकी पहचान है और रोहित शट्टी के साथ भी काम करते रहे जो खुद भी एक एक्शन डायरेक्टर उनके वाले साहब भी थे उनके जो जो एक्शन डायरेक्टर थे और वो भी इसी में काम करते रहें पैलैक्शन डायरेक्टर वो उसमें रहते रहे हैं और अपनी मूवीज़ में दिखाते रहे हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मूवीज़ आई थिंक रोहित शेट्टी के साथ किया वन टू थ्री पता नहीं कौन कौन सी और वो सिंघम वगैरह ये वो तो मैंने वही अपना टैलेंट सारा जो सीखा है या जो भी चीज़ें उसमें यूज़ करते मिल रहे हैं हमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करती है अजय देवगन एट इट पीक ठीक है बहरहाल बहुत हो गया आज का रिलेक्शन ये भी ख़त्म करते हैं अभी के लिए तो इन आपसे दोबारा मिलेंगे मुलाकात होंगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें, करें। शेयर करें और और और बेल आइकन को तो दबाना मत भूलिएगा हाँ। ताकि आपको हमारी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही ट्रेलर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें ठीक है बहुत शुक्रिया आप इनशाला आपको देखते हैं ओके असल